कई साल पहले एक बाबा गांव में आए और कई लोग अपने दुखों का समाधान पूछने उनके पास गए बाबा ने आराम से सबकी परेशानियों का हल बताया और सभी को कहा कि संयम रखो और मेहनत करो एक महीना तो ऐसा आराम से चलता रहा फिर लोग हर बार उसी समस्याओं के बारे में शिकायत करने आने लगे बाबा ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा उन्होंने सबको एक पेड़ के नीचे बुलाया और एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हंसी में झूम उठे उस समय बाद उन्होंने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा बाबा मुस्कुराए और बोले जैसे तुम बार बार एक ही मजाक पे हंस नहीं सकते वैसे ही एक ही समस्या पर बार बार रो क्यों रहे हो कहानी से सीख चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा